वेलकम बैक टू माई YOUTUBE चैनल तो कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो सबसे पहले मैं अपने प्यारे प्यारी डी फ्रेंड्स को रक्षाबंधन विश करना चाहती तो मेरे प्यारे प्यारी डी फ्रेंड्स हैप्पी रक्षाबंधन तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो और मैं भगवान से दुआ करूँगी कि इस रक्षाबंधन पर आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ आएँ और आपके जो सारे दुख हैं वो मुझे दे दे तो आप लोग इतने प्यारे फ्रेंड्स की मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपके घर में खुशियां बनी रहे और इस रक्षा बंधन पे आपका या आपके बहन भाई का रिश्ता बहुत ही गहरा हो जाए तो फ्रेंड्स इसी पर रिलेटेड मैं आज ब्लॉग भी लेकर आई हूँ हम लोग रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट करते हैं तो यही व्लॉग है आज तो आप इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स और अगर आप अपने बहन भाई से प्यार करते हैं तो प्लीज फ्रेंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तो आप हमारे जो सेलिब्रेशन है सिंपल सा सेलिब्रेशन उसे देखना ना भूले तो आप इसे पूरा देखिएगा तो सबसे पहले फ्रेंड्स अभी सात बज गए हैं और मैंने अभी नहाया नहीं है तो सबसे पहले मैं नहाने जाऊंगी पर फ्रेंड्स मैं नहाने ऐसे नहीं जाऊंगी मैं देखी जादू से नहाकर आ जाऊंगी तो फ्रेंड्स अभी मैं नहाकर आ गई <laughs> <laughs> अभी फ्रेंड्स बज रहे हैं साढ़े नौ बज रहे हैं तो अभी मैं ना कर आ गई हूँ और मम्मी वगैरह ये लोग सब नहा रहे हैं तो अभी हम जो रक्षाबंधन की जो थाली है वो सजाएंगे पहले इसमें राखी मिठाई वगैरह सारा कुछ रखेंगे तो फ्रेंड्स अब हम जो राखी की जो थाली है वो सजाने के लिए चलते हैं फ्रेंड्स हमने राखी वगैरह बांध दी यानी मैंने और मेरी बहन ने राखी जो है मेरे भाई को बांध दी है तो उसके बाद हमारी पेट पूजा की बारी आती है तो मम्मी ने कहा है कि हमने आलू जो बॉईल किए हैं उनको मैं छीन लूँ ताकि हम जल्दी से अपना लंच बना पाए तो लंच में फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बनने वाले हैं लंच में क्या बनने वाले है? वो आप देखना ना भूलें फ्रेंड्स एंड तक देखना बहुत ही टेस्टी सी बनने वाले हैं शायद आपके घर पर भी ये बनती होंगी <laughs> तो सबसे पहले मैं इन आलू को छील लूंगी अच्छे से फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने आलू जो है वो छील दिए तो उन आलूओं से मैं क्या बनाने वाली हूँ मैं आज कचौड़िया बनाने वाली फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स आज हम कचौड़ी बनाने वाले तो मैंने आलू जो है वो छील लिए थे तो मम्मी ने ये देख मुझे दूसरा काम दे दिया आ, आ, आ, आ, आ, आ, अभी बजा ना भिड़ो तो फ्रेंड्स आपको तो पता ही है मम्मी के सामने अगर हम एक अच्छा काम करते थे तो हजारों काम हमारे सामने रख देती है तो इसलिए मम्मी ने मुझे कचौड़ी बनाने का भी काम मुझे ही दे दिया है तो मैं कचौड़ियाँ बना लेती हूँ और मैं जैसे ही कचौड़ियाँ बनाने बैठी तो मेरा भाई भी जिद करके बैठ गया है चकला बेलन ले वो काम तो नहीं कर रहा मतलब कचौड़ी तो नहीं बना रहा बस मेरा काम बिगाड़ने के लिए कभी डोको नीचे फेंक देता है तो कभी ऊपर फेंक देता है कभी टेढ़ा कर देता है तो कभी बेलन इधर रख देता है तो कभी उधर मतलब इतना परेशान कर लिया है और मम्मी ने तो इसकी थप्पड़ भी लगा दी और लेकिन फिर भी नहीं माना ये फिर भी बैठ गया आके तो मैंने सोचा बैठे रहने देती हम दोनों मिलकर बना लेते हैं तो बस यही है अब आप मैं आपको मिलूँ लंच देखा कि हमने रक्षाबंधन है वो कैसे सेलिब्रेट किया है हमने कचौड़ियाँ बनाई सेवैयाँ बनाई और उनका कॉम्बिनेशन खाया फ्रेंड्स सच में सेवैयाँ और जो कचौड़ी थी वो बहुत ही टेस्टी बनी थी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और हमने राखी बांधी साढ़े दस बजे का राखी बांधने का मुहूर्त था हमने साढ़े दस बजे राखी बांधी थी तो राखी पर हमें ज़्यादा बड़ा गिफ्ट तो नहीं मिला हाँ जो मिला है वो हमारे लिए बहुत कीमती है बहुत ज़्यादा कीमती है हमारे लिए और साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आई होप कि आपको पसंद आया हो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर लें प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक मेरी मेहनत के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के साथ वाली जो नोटिफिकेशन बैल है उसे भी दबा देना फ्रेंड्स ताकि जो अगला मैं ब्लॉग डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर शी करना ताकि मैं और ग्रोथ कर सकू मेरा चैनल और ग्रो कर सके और प्लीज फ्रेंड्स सपोर्ट मी मेरी डी फ्रेंड्स प्लीज सपोर्ट मी आपके सपोर्ट से मैं बहुत आगे जा सकती हूँ तो प्लीज सपोर्ट मी और बस यही था आज का ब्लॉग तो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग